बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहाँ रहने आ जाता है घर में शिफ्ट होने के एक माइनस दो दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता रहा लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वहाँ सफ़ेद कपड़े में एक औरत को देखा इतना कहते कहते मोनू अचानक चुप हो गया और विजय की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा पापा वो औरत आपके पीछे खड़ी है इतना कहकर मोनू ने डर से चीखने लगा विजय मोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया मोनू बहुत सहम गया था तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके घर के तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी इतने में विजय को मोनू के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए जोर जोर से भोंकने लगता है विजय को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है लाश देखकर मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाजा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पाँव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता और बहुत कोशिश करने पर भी वह पाँव बाहर नहीं निकाल पाता मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है लेकिन काफी प्रयास करने पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता कोई उपाय न सोचने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा खुद बखुद बंद हो जाता है वहाँ विजय भी करीब पंद्रह मिनट तक मशक्कत करने के बाद अपना पाँव बाहर निकालने में सफल हो जाता है विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है लेकिन उसे न तो मोनू और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है विजय के पूछने पर वह कहता है की आपके घर में एक औरत एक बच्चा और एक कुत्ते का भूख दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा जिसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता